जो माँ की सेवा करता है अरे दुनिया में वो गोते खाता है जो भक्ति करने से डरता है

जो पाप का बेमोत वो ही महे हरे दिलदार कमल भाई पटेल हरे दिलदार कमल भाई पटेल जसो नी कोई है सुन कोई है रे। कोई हैं

अध्यक्ष भाई कमल सिंह पटेल इनकी और से कावन दिलदारे कमल भाई पटेल दिलदारे कमल भाई पटेल कैसो नहीं कोई

हर तीन साल, साल सी लगत जीतीरो

धन्यवाद आ तीन शाल सी लगत जीतीरो आना लय ना मोटो पक्ष

mathesha